तुम जाओ। ज़माना छोड़ देंगे हम। तेरे दिल में रहेंगे तुझको अपना घर बना लेंगे तेरे को गहनों की तरह खुद पर कसम पीरी कसम कसम तीरी कसम तक देर का रुखोड़ देंगे हम अगर तुम जाओ जमाना छोड़ बसा लेंगे खुशबू अपनी जिसम की खुशबू बना लेंगे खुदा से भी ना जो टूटी खुदा ऐसी भी ना जो टूटी वो रिश्ता जोड़ लेंगे हम असल तुम्हें जवाब तुम जाओ जमाना छोड़ देंगे खुद पर संजा लेंगी कसम पी फसम